घोरी घोरी गच्चा बाण बाणी खनी ई पक्कलिक मार खावे लचके घणी घोरी घोरी हे घोरी घोरी घोरी घोरी गच्चा बाण बाणी खनी ई पक्कलिक मार खावे लचके घणी घोरी घोरी हे घोरी घोरी जिण पर थारो जातो हो जा जिण पर थारो जातो हो जा उनी कतोर फेरे राम देदी होरी घोरी आहा घोरी घोरी गोरी गोरी गण बणि बन बणी पता कमर अच्छे की गणि गोरी देखे मंद मुस्कावे मैं बुलाओ मन नखरा दिखावे मैं बुलाओ मन नखरा दिखावे टेडी देखे मंद मंद मुस्कावे जमे बुलाओ मने नखरा दिखावे मारे निशाना दिल पर सीधा मारे निशान mein kahin patli kamar khavelach ki ghani ghar ghar tei gholi gholi kho gholi gholi न सुनेण पेच पे दे, पेच लड़हदे